बेटा बंटी न्यूज़पेपर देखा है क्या आप आप ये रखा है इसे फोन पर रख के कभी पढ़ भी लिया कर अरे बाबा दोस्तों वो नहीं, तो नहीं जा रहा हूं नमस्ते अंकल और, और, और बेटा बुरा क्या चल रहा है अरे नहीं इसमें पढ़ाई। कोरोना के चलते बाहर के खाने को करे इग्नोर बेटे ने की गहन की चोरी अपने ही घर में दोस्तों का पूरा हाल अच्छा तो बेटा मंटी मैं बैंक में गहने रखने जा रहा हूँ या देर समय लाइट बंद कर देना अरे ठीक है और हाँ पेन बंद कर देना और गेट तो जरूर बंद कर देना और जाते समय अपनी बंद कर देना का काम किया क्या? यार काम करना तो ध्यान ही नहीं रहा तो फिर एक काम करते हैं ट्यूशन बंद करते हैं ट्यूशन बंद करने की जरूरत हो आज सर बाहर गए हुए हैं। भाई तो फिर तुम दोनों क्या करने यहाँ पे भाई हम तो मेल लेना पर दोनों टोपाटा तो, तो था तू बड़वा है नहीं अरे यार ये ये सब छोड़ो बताओ करना क्या है यार स्टेशन के के पास वाले खाने चलते हैं मैं वाईफाई से वीडियो डाउनलोड हाँ, ये सही है हाँ जी हाँ जी अच्छा तो मैं अभी घर पहुंच गया हूँ आपसे बाद में बात करूंगा ठीक है सर की, को? हाँ क्या? आज की है? लेकिन वो तीनों तो रहे हैं। अच्छा। आने तो आज को हेलो तो हाँ सही में यार यार्ज के शार्थ शार्थ वीडियो काम हो गया या मेरे पास आ, तुम बोलने लग गए है तुम लोग मुझसे तुम्हारे सर का फोन आ रहा था मेरे पास उन्होंने कहा आज ट्यूशन की छुट्टी है क्यूँकी वो गाँव में गए हुए हैं पापा सो रिया हमें भी ट्यूशन पहुँचने के बाद ही पता चला आज छुट्टी वैसे गए गए थे थे। तुम तुम लोग लोग? आज? अरे अंकल बताया स्टेशन के पास खाने आवारा हो, हो तब ले आएंगे और मैं आपके लिए भी अभी ले आऊंगा वो क्या होता है बेस्ट फूड पापा पता नहीं क्या क्या बोलते थे हम गए स्टेशन के पास दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्या लगा वीडियो में खास